जग में साझो ते रो न आप भी गाय का समझ तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता तू ही पिता है, तूरे तूरे पिता है। तू ही माता, तू तू ही ही पिता है, तो है राधा का कष मी सबका स्वामी तू अंतरयामी सबका स्वमी अंतरयामी तेरे चरणों में चार उधा बिगड़े तू तो ही सवारे तू तो ही बिगाड़े तू तो ही सवारे तू तू ही ही सवारे इस जग के सारे का